हेलो एवरीवन तो हम आज सीखेंगे वीलू कप कैसे यूज करना है ठीक है तो हम हमें दो एक्सेल दी गई है ठीक है एक एक्सेल है जिसमें प्रूफ का नाम है मेंबर आईडी है और अमाउंट है ठीक है इसमें अमाउंट दिया हुआ नहीं है ठीक है और एक एक्सेल है उसमें हम मेंबर का आईडी है और उसका अमाउंट है हमें यह अमाउंट है यहाँ पर पेस्ट करना है ठीक है तो हम एक एक कॉपी करके पेस्ट करने में पे हमें कितना टाइम जा सकता है तो हम वीलू कप का यूज़ करेंगे ठीक है तो हम वीलू कप का यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है फंक्शन पे जाने पर बाद यहाँ पे, पे वीलू कप है उसको सिलेक्ट करेंगे ठीक है यह फिर यहाँ पर ओके okay करेंगे अभी वीलू कप वैल्यू ठीक है वीलू कप वैल्यू हम क्या मैच कर किस चीज़ से मैच कर रहे हम वेल्यू ले वाले हैं तो मेम्बर ठीक है आई से तो यहाँ पे मेंबर आई वाली कॉलम सिलेक्ट करेंगे ठीक है फिर टेबल एरिया कौन सी एक्सल में से टेबल एरिया मतलब कौन सी जगह से ठीक है तो हमारे पास सी ए है एक दूसरे एक्सल तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद इस तरह ठीक है यहाँ पे ले लेंगे ठीक है फिर उसके बाद नीचे के कॉलम इंडेक्स नम ठीक है तो कोरोना ये कौन सी से है सेकंड वाली कॉलम है ठीक है तो हम यहाँ पे सेकंड वाली कॉलम ले लेंगे और यहाँ पे रेंज ठीक है यहाँ पे जीरो रेंज लेंगे ठीक है फिर यहाँ पे ओके कर देंगे ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे डबल ले कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो हम दो सेकंड के अंदर यहाँ पे पेस्ट करवा सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए थैंक यू